मत हम मैदान करें मैदान किया है, ऐसे, ऐसे, ऐसे, है, है। अच्छा सुनो सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना तुम्हारा मास्क किधर है करते है इधर क्या कर रहा है इधर मैदान करने आया आये तुम तो। तो बिना मास्क देख रहा है कितना कोरोना फैल रहा है तो पूरे ना पूरे बिहार में मैदान करने आया तो। मास्क किधर है तुम्हारा? घर जाएंगे तो लेंगे ना ये चाकू लेकर घूम रहा है दतवन चाकू ऐसी काटा जाता है बिना बिना घूमता है के क्या करूँ बिना मास्क घूमता है और चलेगा ना चले चलेंगे चलेंगे चल चल तू नहीं जाएंगे थाना चल नहीं जाएंगे बाबू चल हाँ बाबू जी इधर है तुम्हारा बाबू जी बाबू जी हमारे इधर है बचवा के मारत है बिना के घूम रहा है तुम्हारा लड़का आए तू भी मास्क नहीं लगाया है अरे तो सुबह सुबह नहीं लगाया है मुंबई से अच्छा बड़ी रोपिया लेके आई हो एक हम रोड़े केस कर दे रउे पे तुम मेरे पे केस करेगा कर दे मेरे पे हमारे लड़का के छोड़ी अच्छा बहुत तू घर जाओ जी ना हाँ। चल तु, तुम्हारे पास किधर है है है हम मैदान मैदान किया ओम मास्ट, मास्ट के। हो है, है, के है ओम आई बिना बिना बिना के के के घूमता चौक खाना थाना चौक ओ जाए कौन मिली खाना खाना चल वहाँ पर तुमको मिलेगा खाना घर पे कौन सा खाना चुतर पे ये मिलेगा हाई जी से ऐसे बोलिए खाता चल खाना बिना मास्क के घूमता है लड़का चाकू लेकर घूम रहा है लड़का चाकू लेकर घूम रहा था गांव के लोग चाकू लेकर ना घूमेला क्या करने के लिए काटे खाते काटे खाते भाई कौन है ये कौन है क्या होता भाई लोग क्या होता अरे होय के के के मार के नाला उसका बिना मास्क तू भी घूमता है हम मास्क पहने बेल है वा बोर तो खाई हाँ। इधर मैं इधर इधर नहीं के सर। आ? आ? दे अभी हो गया ही नहीं, <tos> गागी। गागी। गागी। दे, से नमस्कार प्रणाम आप बंद करते ना जेल ला मे भाड़ा लिखे